हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बतानाने वाला हूं कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसके लिए राशन कार्ड डालना है फिर आपको जो भी आपका आधार का टाइप है वो टाइप करना है और पासवर्ड में आपको डालना है ये ये राशन कार्ड में जो मुखिया है उनकी आधार नंबर आपके आठ डिजिट फिर आपको ये कैप्चर बटन के कैप्चर करना है दोस्तों उसके लिए ये जैसे ही आप इनको कतें कुछ इस तरह का ऐसा फिलकर आता है जिसमें आप देख सकते हैं आप अपने आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह सारा इसमें डिटेल आपका आ जाता है फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे नीचे पे नीचे से थर्ड थर्ड में आपको बिहाइकल अपडेट के लिए जाता है तो जैसे वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक फेस्ट खुल करके आपके पास आता है यहाँ पे देख सकते हैं उसके तो बाद आपको सेलेक्ट मेंबर में जाना है उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई भी एक नाम चूज करना जो आपके नाम से हो फिर वो इंटर करने के साथ ही या कुछ इस तरह का करके आता है फिर आपको आधार नंबर टाइप करना है और वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अपना जैसा कि मेरा यहाँ पे टाइप हो गया है मैं आगे देख सकता हूँ वेरीफाई करके क्या आता है आप देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस फूल करके आपके सामने आता है देख सकते हैं सिलेक्ट मेंबर में आपको सेलेक्ट करना है जैसे उसी में मैं वसीम में टाइप कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पे जाना है तो आपको मुबाद ओ ओटीपी पी आता है फिर आपको व्हीकल नंबर पे जाना है व्हीकल नंबर आपको टाइप करना है फिर आपको तो वीहाइकल ऑनर नेम एज पर ऑनर बुक जब ऑनर बुक पे नेम है वो नेम को डालना है तो मैं यहाँ पर अपना टाइप तो शुरू कर देता हूँ आपका जो भी नाम आपको नाम आपको डालना है मेरा नाम यहाँ पे वसीम है तो मैं वसीम टाइप करता हूँ उसके बाद रिलेशन जो भी है फादर है हजबेंड है जो भी आपका आता है वो आपको इंटर करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर ले और आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तों हम यहां पे अपना टाइप करना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको डीएल नंबर फिर आगे डालना पड़ेगा डीएल नंबर अगर है तो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं उसके बाद ऊपर में जो हम ग्रेट ओटीपी आ, मिला था हमें वो ओट, ओटीपी को हमको यहाँ पे इंटर कर देना है इंटर करने के साथ ही हमको फिर आगे में यहाँ पे देख सकते हैं एक कोलम पर बॉक्स है जहाँ उसके बगल में लिखा हुआ है कि मैं घोषित करता हूँ यह करती हूँ कि उपरोक्त वाहन का प्रयोग मेरे द्वारा झारखंड राज्य के अंतर्गत किया मैं यह घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे संज्ञान से सत्य एवं पूर्ण सही है कोई सूचना गलत अथवा असत्य पाया जा, पाया जाता है तो मेरे ऊपर कानूनी करवाया जाता है फिर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद ही आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे तक